विश्व दिव्यांग दिवस पर सिंगरौली में विश्व दिव्यांग दिवस का सम्मान पूर्वक समारोह का आयोजन किया गया इस दौरान सभी दिव्यांग कर्मचारियों का अभिनंदन एवं सम्मान किया गया वहीं समारोह में दिव्यांग कर्मचारी कर्मचारीगण ने अपने विचार रखे एनटीपीसी सिंगरौली में विश्व दिव्यांग दिवस का सम्मान पूर्वक समारोह का आयोजन किया गया इसका उद्देश्य था की दिव्यांगजन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूक हो और दिव्यांगता के मुद्दे पर आपसी समझ पड़े दिव्यांगों को गरिमा जीवन मिले इस अवसर पर सभी दिव्यांग कर्मचारियों का अभिनंदन एवं सम्मान किया गया सम्मान समारोह में दिव्यांग कर्मचारियों ने अपने विचार रखे और एनटीपीसी प्रबंधन के प्रति समान अवसर समान अधिकार सम्मान पूर्ण जीवन एवं सुगम कार्य क्षेत्र प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया सम्मान समारोह में ए सिंह महाप्रबंधक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि दिव्यांगता के प्रति संवेदनशील बनकर ही हम मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं